हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इट्स माय ब्लॉग दोस्तों आज मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाला हूं अपना जो है स्कूल जी हां दोस्तों मैं अपना स्कूल दिखाने वाला हूं क्योंकि आज मैं जो कहीं जा रहा था तो रास्ते पर ही जो है मेरा स्कूल पढ़ता है तो मैं आप लोगों को जो है उसका पूरा वीडियो दिखाऊँगा मेरा स्कूल जो है बाहर से कैसे दिखता है अंदर से कैसे दिखता है तो देखिएगा इस हमारा स्कूल जो है पुराना नहीं है ये अभी फ़िलहाल एक ही दो साल हुआ है इसको बने जो कि किस तरीके से दिखाई देता है ये बहुत ही अच्छा है तो अभी आप देख सकते हो गाई मेरा स्कूल का ढुलिया किस तरीके से दिखाई देता है बाहर से ये देखिए पूरा ये जो एरिया दिख रहा है वहाँ से जो है पूरा यहाँ पर वृक्षारोपण हुआ है अभी जो है एक से दो साल पहले आइए मैं आप लोगों को इंटर करके दिखाता हूँ अंदर की पूरा दृश्य आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना तो, तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि पूरा स्कूल बंद पड़ा है तो यहाँ पर अभी दरवाज़ा भी बंद है तो हमको कहीं से इंटर करना होगा तो वहाँ से जाना होगा हमको तो चलिए मैं आप लोगों को वहाँ से इंटर करा करके ले कर के, के जाता हूँ देख सकते होगा इसमें पूरा अंदर इंटर हो चुका हूँ ये देखिए पूरा यहाँ का पूरा जो है सीन है आप लोगों के लिए ये देखिए किस तरीके से दिखाई देता है बहुत ही लंबा ये जो रास्ता है और इसमें जो ये फ्लावर्स या फूल लगे हुए किनारे किनारे पर इन सभी लोगों सभी को जो है हम लोगों ने लगाया था क्योंकि यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे लगे हैं इसको जो पूरे स्टूडेंट के द्वारा ही लगाया गया था तो बहुत ही बड़ा एरिया में जो है आप पीछे देख सकते हो ग्राउंड है जो कि पूरा पौधों से जो है पेड़ जो है इसमें जो है, जो है लग गया है ये लगभग जो है दस से बारह एकड़ का जो है पूरा एरियाज है या मैदान है क्योंकि आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो पूरा वृक्षारोपण हो चुका है तो वीडियो का अंत तक देखिए दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये देख सकते हो ये ये भी देख सकते हो कि आरिया कितने बढ़िया अभी जो है स्कूल नहीं खुल रही इस कारण से जो है इनका हालत जो है बहुत ही पतला हो चुका है लेकिन हाँ जब इस्कूल खुलता है तो इनका जो है नज़ारा देखते ही बनता है तो चलिए मैं आप लोगों को आगे का पूरा वीडियो आप लोगों के दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है सामने से फ्रंट से नज़दीक से हमारा जो है स्कूल इनको बनाने के लिए जो है कोई भी बाहरी व्यक्तियों का कोई जो है नहीं है इसे पूरा जो है स्टूडेंट के द्वारा ही लगाया गया है ये देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पर जो है पौधे लगे हुए हैं पेड़ लगे हुए हैं चूँकि काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं तो आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कितना कतार बद लगे हुए हैं ये पौधे आप लोग को देख सकते हो पूरा जो है ग्राउंड में जो है पूरा लगा हुआ है ये देख सकते हो एक सीध में है ये देख सकते हो अब चाहो तो चूँकि बहुत ही बड़े एरियाज़ में लगे हुए ये देखी और कहीं से भी आड़ा नहीं है पूरा का जो है कतार बद लगे हुए हैं ये देख सकते हो अब आ गए हमारे जो है स्कूल यहाँ से जो है कितना दूर है कितना बड़ा है हमारा स्कूल ये पता चल जाता है ये देखिए मैं आप लोग कुछ अंदर का सीन दिखा देता हूँ ये देखिए ये है कुछ ये देख सकते हो यहाँ पर जो है पूरा जितना भी पाम का पेड़ जो लगे हुए हैं इन सभी को जो है हम लोगों ने लगाया था जब हम लोगो यहाँ पर एलेवेंथ के स्टैंडर्ड में थे तभी इनको जो है हम लोगों ने लगाया था चूँकि ये काफ़ी बड़ा हो चुका है ये देख सकते हो यहाँ पर जितने भी पौधे पेड़ जो भी लगा हैं यहाँ पर उन सभी को हम लोगों ने लगाया था क्योंकि यहाँ का दृश्य देखते ही बनता है काफ़ी जो है आकर्षक दृश्य होता है यहाँ का तो मैंने सोचा दूर से ही देखा क्या यार इतना बदल गया है तो चलो यहाँ का वीडियो ही आप लोगों के लिए लेकर के आया जाए तो ये देख सकते मैंने पूरा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ तो यहाँ पर ये यह देखिए ये जो लैब रूम है लाइब्रेरी है स्टोर रूम सही वो जो है इसमें होता है ये यह देखिए यहाँ से बिहार दस ये यहाँ से किससे दिख रहे हैं ये कितना हरियाली है यहाँ पर और ये जो हमारे स्कूल है बहुत ही इको फ्रेंडली होता है यहाँ पर जो है डेली का रूटीन में कुछ ना कुछ तो नया होता ही रहता है हमारे स्कूल्स में पर्यावरण से संबंधित क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा है अभी तो मैं आप लोगों को घुमाऊंगा तो पूरा वीडियो ही बड़ा हो जाएगा ये देख सकते हो कितना बड़ा ग्राउंड है ये देख सकते हो वहाँ पर है वो गेट हमारा जहाँ से हम इंटर किए थे ये देखिए कितना बड़ा है और कितना दूर है तो इससे आप लोग को तो पता चल ही गया तो ये देख सकते हो भाई सभी मैं पीछे मेरा जो है पूरा फ्लावर्स हैं यहाँ पर जो है अभी इसका फूल नहीं लगा है तो ये देख सकते हो कितना इको फ्रेंडली है हमारा स्कूल जो है कितना पर्यावरण से संबंधित है हमारे स्कूल जो है यहाँ पर जो है काफ़ी देख रेख किया जाता है यहाँ पर जो है सभी फ्लावर्स फूल का जो है काफ़ी ध्यान से ये पौधों का जो है रखा जाता है उगाया जाता है तो आप लोगों को कैसे लग रहा है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस चलिए आगे का वीडियो पूरा आप लोगों के लिए है ये यहां पर ये भी थोड़ा नहीं बड़ा है ये आप लोगों को वो वाला जो पोज़न है वहाँ पर जो है हरियाली नहीं दिख रही चूँकि वहाँ पर जो है अभी पेंडिंग है शायद आप समझ सकते हो अभी पूरा जो हरा नहीं हो पाता है अभी जो सिचुएशन भी ऐसा है कि यहाँ पर कोई देख रेख वाला कोई व्यक्ति भी नहीं है उतना ज़्यादा नहीं तो यहाँ पर जो पूरा हरियाली है आप लोग को ऐसे तो दिख ही रहा है हाँ लेकिन जब स्कूल खुल जो खुलता है तो रेगुलरली पढ़ाई होता तो यहाँ पर का जो सिचुएसन कुछ अलग ही होता काफ़ी अट्रेक्टिव होता इससे भी ज़्यादा अभी तो जो दिख रहा है वो सो है अभी आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का जो है ग्राउंड अभी जो बन रहा है चूँकि यहाँ पर कुछ काम अभी बाकी है तो मैं आप लोगों को वहाँ पर भी लेकर के जाता हूँ पूरा ग्राउंड का नजारा आप लोगों के लिए देख सकते हो गाइस सभी मैं जो है अपना यहाँ का ग्राउंड है ये कितना बड़ा है मैं आप लोगों को ये दिखा ये देखिए वो से ले करके कितना दूर तक के पर जो है एक बहुत ही बड़ा जो है क्रिकेट का ग्राउंड बन सकता है जितना चाहे आ जो है लंबा छक्का वहाँ लोग छक्के नहीं जाएगा इतना बड़ा है बहुत ही बड़ा है यहाँ पर जो है तो आप लोग देख ही सकते हो ये देखिए यहाँ से कैसे दिख रहे है वो सीन चलिए इस पूरा वीडियो खत को जो है अब यहीं पर समाप्त तो करते हैं और देखिए जो वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिए और नहीं तो कोई बात नहीं चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर के आता रहता हूं तो चलिए तो सीन आप लोगों को कैसा लगा यहाँ पर जो है सिचुएशन कैसा था माहौल कैसा था कमेंट पर ज़रूर बताएं तो चलिए मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं अगर वीडियो पसंद है तो लाइक लिए जय हिंद वंदे मातरम